Jai... te ra na satcha e k to tuk... sat sacha... तेरा सच नम नमः च मयोभवाय च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 उसी राजा के राज्य में एक किसान का लड़का था श्रीधर एक ब्राह्मण का पुत्र था और एक राजा तीनों पलायन करके शिप्रा नदी के तट पर कहीं दूर निकल गए और वहां फिर वही एक यजुर्वेद जप रहे नमः शंभवायच भवाय च मयो भवाय च नमह शंकराय नमः शिवाय च शिव तराय च और आकाश में कंपन हुए परमात्मा का एक स्वरूप वहां प्रकट हुआ कहा दोबारा युद्ध करो चढ़ाई करो दोबारा इस नगरी पर आक्रमण हुआ जो पिछला पापी राजा जिसने इसको कब्जा कर लिया था उसको मारा तहस नहस किया और वो महाकाल का स्वरूप प्रकट हुआ वह वो जो किसान का पुत्र था उसने कहा प्रभु आप इस अवंतिका नगरी में ही सदा के लिए निवास कीजिए हमारी रक्षा कीजिए हम कमजोर आत्माएं हैं वो वहीं पर स्थित हो गए ये ही वो महाकालेश्वर कहे जाते हैं उनके बाद में विक्रमादित्य विक्रमादित्य जैसा महान राजा पृथ्वी के तल पर कोई हुआ नहीं अपने प्रजाजनों के लिए सर्वस्व अर्पित करने वाला राजा एक किसान को राजा के आदमी पीट रहे हैं संटक मार रहे खून निकल रहा है उसके उसने कहा हटो क्या बात है किस पे पर कर्ज चाहिए कि मैं चुकाता इसका कर तू हट और उसकी जगह खुद संटक खा रहा है मारने वालों को यह पता नहीं ये राजा है सौ कोड़े पूरे हो गए हाँ हो गए उतर गया कर्जा इसका ठीक है उतर गया ऐसा राजा बाद में उनको पता चले यह तो राजा है वे चरणों में गिर गए बोले कुछ नहीं मैंने एक का कर्जा तो उतार ही दिया ऐसा महान राजा सूर्य के रथ के निकट विक्रमादित्य गई उनको किसी ने बताया मानसरोवर से एक पाषाण स्तंभ उगता है और सूर्य तक पहुंचता है उस पर सूर्य का रथ कुछ क्षण के लिए विश्राम करता है और वहां वो चले गए विक्रमादित्य परमेश्वर का नाम लेके उस स्तंभ पर बैठ गए और वो पाषाण स्तंभ आकाश में उठ रहा है उठ रहा है उठ रहा है और आप समझिए उस पे वो राजा बैठा है और जैसे जैसे सूरज की तरफ को बढ़ता है शरीर में उसके आग लग गई और राख हो गई शरीर की खत्म और सूर्य का रथ उसके निकट आया खंबे के और सूर्य नारायण ने देखा अरे ये मनुष्य मनुष्य की भसम राख उन्होंने अमृत छिड़का और राजा विक्रमादित्य जीवित हुए उन्होंने प्रणाम किया प्रभु भगवान सूर्य मैं उज्जैन का राजा विक्रमादित्य आपके चरणों में प्रणाम कर रहा सूर्य नारायण ने कहा तुम धन्य हो धन्य हो किस कारण से यहां तक आए? मृत्यु के भी तुमने कोई परवाह नहीं की कहा प्रभु आपके दर्शनों की अभिलाषा थी शरीर तो कितनी बार मर चुके कितनी बार कितने जन्म हमने ले लिए आपके दर्शन इस शरीर में इस जीवन में हो गए यही मेरी धन्य आत्मा है धन्य भाग है मेरा जीवन धन्य है प्रभु सूर्यनारायण ने प्रसन्न होके अपने कान के कुंडल से एक मणि निकाले सूर्य मणि और काल लो इस मणि को हाथ पे रख के तुम जो भी कहोगे मुझे विश्वास है तुम देवता हो देवात्मा हो हमेशा दूसरों का कल्याण ही करोगे किसी को कष्ट देने के लिए इसका प्रयोग नहीं करोगे तुम कहोगे मेरे राज्य में सोने की बारिश हो अवश्य होगी कोई राजा आक्रमण कर दे तुम इस मणि को हाथ पे रख के कहो ये सब नष्ट हो जाए तुरंत नष्ट हो जाएंगे तुम कहो स्वर्ग की जितनी संपदाएं हैं मेरी उज्जैनी में आ जाए सब वहीं आ जाएंगे हे राजा तुम्हें कुछ भी दुर्लभ नहीं जाओ पुनः विक्रमादित्य प्रणाम करके और उस स्तंभ पे धीरे धीरे धीरे नीचे जब वो नीचे आ रहे थे तो उधर स्वर्ग से इंद्र देख रहे हैं अरे ये हो गया गड़बड़ अब मनुष्य लोक स्वर्ग से भी आगे निकल जाएगा और हम देवताओं को कौन पूछता है उन्होंने तुरंत ब्राह्मण का भेष बनाया तिलक लगाया और उनसे पहले आके मानसरोवर के किनारे पर खड़े हो गए ओ महाराज की जय हो राजा उज्जैन के राजा विक्रमादित्य की जय हो कल्याण हो कल्याण हो कुछ दान दीजिए दान दीजिए दान दीजिए का प्रभु इस वन में यहां मेरे पास क्या है आप उज्जैन ही आइए मैं आपको दूंगा कि नहीं अभी दान दो और तुम्हारे पास है जो मैं चाहता हूं राजा ने कहा इससे अच्छा क्या है ब्राह्मण मेरे लिए हमेशा पूज्य हैं आप आज्ञा करें इंद्र ने कहा सूर्य नारायण ने जो वो सूर्य मणि दी है आपको वो मुझे दे दीजिए कहा लीजिए मैं ये मणि आपको अर्पित करता हूं और हे भगवान इंद्र मैं आपको प्रणाम करता हूं और आज मैं अपने को धन्य समझता हूं एक मनुष्य का पुत्र देवताओं के राजा को दान दे रहा है मेरे पितर धन्य हैं जो मुझे ऐसा अवसर प्राप्त हुआ हे प्रभु आपने मुझ पे बड़ी अनुकंपा की इंद्र की आंख में आंसू आ गए कहा राजा विक्रमादित्य तुम्हारे जैसा राजा न पृथ्वी पे आज से पहले हुआ है न आगे कोई होगा तुम धन्य हो धन्य हो धन्य हो ऐसे थे महाराजा विक्रमादित्य उन्हीं के भाई थे भड़तरी आपने वो कहानी बहुत बार सुनी है एक सिद्ध पुरुष अमर फल लाए लो राजा इसको खा लो अमर हो जाओगे उनकी रानी थी पिंगला उन पर वो ऐसे आसक्त थे कि पूछिए मत लो देवी ये फल तुम खा लो तुम सदा चिर यौवना बने रहो मैं ये चाहता उसने ले लिया उसका प्रेम घोड़ों की देखभाल करने वाले एक व्यक्ति दरोगा जिसका नाम क्षेत्रपाल था रात में ले जाके उसको दे दिया मेरे प्रिय ये अमरफल मुझे मिला है मैं चाहती हूं तुम सदा युवा बने रहो सुंदर बने रहो उस क्षेत्रपाल का प्रेम एक वैश्य से था रातों रात उसे नींद नहीं, नहीं आई तुरंत वैश्य के कोठे पे गया हे अप्सरा जैसी सुंदरी ये अमर फल लो तुम्हारी सुंदरता तुम्हारा यौवन अखंड बना रहेगा उसने ले लिया सोचते सोचते उसको सुबह हो गई मुझ जैसी पापन मेरा सारा जीवन पाप आचरण में चला गया मैं अमर होके क्या करूंगी हमारे राजा बड़े धर्मात्मा स्नान ध्यान पूजा पाठ करके उस फल को लेके राजा बड़कर के पास आ गए महाराज ये अमर फल मैं आपके लिए लाई हूं आप इसको खा लें आप जैसे धर्मात्मा जैनी के शासक होंगे तो ये प्रजा हमेशा सुखी रहेगी राजा ने देखा ये तो वही फल है उन्होंने वो फल ले दिया महल में गए रानी पिंगला जी महाराज वो फल कहां है वो तो मैंने कल ही खा लिया था जी तो ठीक है तुम अमर हो चुकी हो हां राजा ने तलवार निकाली और वार करने को ना ना ना ना ना ना, ना, ना। रुको रुको रुको अरे रुकना गायिका तुम मरोगी तो हो नहीं नहीं मैंने वो फल किसी और को दे दिया था उसको बुलाया कहा है फल मैंने वैश्य को दे दिया इतना ज्यादा आघात हृदय को राजा भरतरी को पहुंचा उन्होंने एक श्लोक की रचना की हे राजा भरतरी तू तुझ पे धिक्कार है तुझको धिक्कार है उस पाद ब्रह्म परमात्मा को छोड़ के एक स्त्री पे आ आसक्त हुआ हे hey पिंगला तुझे धिक्कार है तू राजरानी होते हुए भी राजा के प्रेम से भी संतुष्ट ना हुईपाल hey तुझे धिक्कार है जिस रानी ने राजा का परित्याग करके तुझे अपना सर्वस्व समझा उससे भी तु संतुष्ट न हुआ और उस वेश्या के लिए उन्होंने एक पंक्ति लिखी हे माता तू धन्य है तेरी आत्मा में धर्म का उदय हुआ हम सब लोग पाप आत्माए हैं घोर आसक्ति में पढ़ के हम लोग पाप आचरण करते हैं राजा बर्तरी ने राजपाट त्याग दिया और इधर गुफाएं हैं आपको दिखाएंगे बर्तरी की गुफा गोपीचंद की गुफा मामा बंजे थे दोनों वहां उन्होंने गुरु गोरखनाथ के शरण में जाके परम ब्रह्म का तप किया और परम गति को प्राप्त हुए विक्रमादित्य के बाद में इसी नगरी में राजा भोज ने शासन किया कालीदास उनके दरबार में कवि थे एक दिन राजा भोज ने लिखा जब वो अपने राजमहल में गए तो उनकी रानी कौवा बोल रहा था ऊपर बैठा हुआ मुंडेर पे तो यह कौन सा जानवर है यह कौन सा पक्षी है इसके बोलने से मुझे बड़ा डर लग रहा है महाराज दिन में ओहो कौ से डर रही है बताओ राजा बोझ ने एक पंक्ति लिखी दरबार में एक कोई ब्लैक बोर्ड सा था रोज लिखते थे एक श्लोक आधा श्लोक लिखा कौन संसार में ऐसी नारी है जो कौवे की बोली से भी डरती है कालिदास तुम इस श्लोक के नीचे की पंक्ति लिखो पूरा करो इसे अब कालिदास को क्या पता कौन डरता रही है कौवे से उन्होंने कहा महाराज मुझको कुछ समय दीजिए और उन्होंने खोज भी इनकी और पता निकाल लिया कि ये जो इनकी रानी है पिंगला ये पिंगला नहीं कुछ दूसरा नाम था उसका तो महाराजा बर्तरी की, की पत्नी उसने पूरा पता निकाल लिया वो रानी आधी रात में सबसे मजबूत घोड़े को खोलती मतदाना भेष बढ़ती नर्मदा या क्षिप्रा जो भी होगी उस समय में जहा वो लोकेशन रही होगी उस नदी को पार करके किसी परपुरुष अवैध संबंध उस पुरुष से थे संसार के मालिक तेरा